श्री बालाजी दरबार सेवा परिवार में आप सभी का स्वागत है आज दीपावली पर्व के महोत्सव के रूप में पूरा भारतवर्ष पूरा विश्व ये त्यौहार तो मना रहा है इसमें कुछ संशय हमारे मन में उत्पन्न होते हैं आज थोड़ा उन पर अपने विचार प्रकट करेंगे जैसे सबसे पहले हम लोग हर वर्ष श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी माँ की प्रतिमा अपने घर में लाते हैं लेकिन मन में एक व्यवधान होता है कि जो पहली बार प्रतिमा लाए उसका क्या करना है तो सबसे पहले तो मुख्यतः इस बात के लिए कि जब भी घर में हम प्रतिमा लाए गणेश जी या माता लक्ष्मी की वो अलग अलग हों एक साथ जुड़ी हुई ना हों दूसरा मूर्ति हमेशा मिट्टी की लाएँ मिट्टी की मूर्ति वो जो अगले साल आप विसर्जन करें तो आराम से विसर्जन करने का भी एक तरीका होता है अपना कि जहां गंगा जी दूर हैं जहां कहीं भी कोई भी दरिया दूर है उसके लिए क्या करना है कि हम लोग उस मूर्ति को विसर्जन के समय किसी भी पात्र कोई बड़ा पात्र ले लें जैसे बाल्टी हो गई घुट्ट हो गया बड़ा उसके अंदर गंगा डाले, जल डालें फिर जल डालें उसके बाद मूर्ति को उसमें विसर्जन करें कुछ समय बाद दो या तीन दिन बाद वो मृ जो प्रतिमा है वो उसके अंदर विले हो जाएगी उसमें बिल्कुल मिल जाएगी फिर उस जो जल है उस जल को किसी गमले में विसर्जित कर दे तो ये आपका एक कोई कोई दोष नहीं लगता एक आपका ये मूर्ति का विसर्जन हो गया और मूर्ति लानी कैसे है हमें मैंने अभी बताया कि मूर्ति आपस में जुड़ी भी ना हो महालक्ष्मी की अलग और श्री गणेश भगवान की अलग मूर्ति हो दूसरा गणेश भगवान के पसात लड्डू मोदक और चुहे की सवारी वाले और जिनकी सूंड बाई तरफ मुड़ी हुई हो ज़्यादा घुमावना हो ऐसी प्रतिमा ऐसी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो या तो हाथी में बैठी हुई हो या कमल के फूल में विराजमान हो अन्यथा सिर्फ बैठी हुई हो ऐसी प्रतिमा लाएँ कोई भी खड़ी हुई प्रतिमा मत लाएँ कोई लक्ष्मी माँ को गलें लक्ष्मी माँ और आप अगर खड़ी प्रतिमा लाएंगे तो चंचल है फिर आपके घर की जो कहते हैं वास्तु चल संपत्ति जो भी संपत्ति सम्पदा के लिए हम लोग पूजन करते हैं वो चली जाएगी और कभी भी उल्लू पे बैठी हुई माँ की प्रतिमा मत लाएँ या तो हाथी पर हो और या कमल के फूल में हो या सिर्फ बैठी भी हूँ ये विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को और जो भी जिसकी सामर्थ है चांदी की मूर्ति की या अन्य धातु की मूर्ति की वो मूर्ति सिर्फ़ एक बार आती है वो बार बार उसका विसर्जन नहीं होता है उसकी पूजा आप हर वर्ष कर सकते हैं ये एक हमारे मन में सबसे बड़ी उत्कंठा रहती है हमें करना क्या है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जय श्री बालाजी